फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के पकोड़े की रेसिपी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं पकोड़े बनाने के लिए मैंने ली है डेढ़ कप सूजी तो यहाँ पर मेरे पास मेन वाली सूजी है अगर आपके पास नॉर्मल वाली सूजी है तो आप उसके भी पकोड़े बना सकते हैं उससे भी पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप फ्रेश दही और अब सेम बाउल में मैंने पानी ले लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी थिक बैटर बना लेंगे तो मिक्स कर लेंगे इसे थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसे दोबारा से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने एक सेमी थिक बैटर बनाकर तैयार कर लिया है अब इसे हम ढककर पाँच मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए और सूजी के फूलने के बाद ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो अब पाँच मिनट हो गए हैं चेक कर लेते हैं तो सूजी यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है तो अब इसमें ऐड कर देंगे कुछ वेजीज़। तो यहाँ पर मेरे पास है फूलगोभी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है हाफ कप गाजर बारीक कट की हुई ऐड कर देंगे हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट आप चाहें तो इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे खूब सारा हरा धनिया और इसके साथ में ऐड कर देंगे एक चम्मच जीरा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इसका एक सेमीथिक बैटर तैयार कर लेंगे तो पकोड़े बनाने के लिए हमारा बैटर एकदम तैयार है इससे ज़्यादा हम इसके गाढ़ा या पतला नहीं करेंगे और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा इससे हमारे पकोड़े बहुत ही फूले फूले और क्रिस्प बनकर तैयार होंगे तो अब चलते हैं हम पकौड़े फ्राई करने के प्रोसेस पर इसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है अब इसमें हम एक एक करके पकौड़े डालेंगे एक साथ सारे पकोड़ों को नहीं डालेंगे एक बार में जितने पकोड़े कढ़ाई में आएंगे हम उतने ही इसमें ऐड करेंगे पकोड़े डालने के बाद एकदम से हम इसे नहीं चलाएंगे जब नीचे से हल्का फ्राई हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसे पलट देंगे अब पकोड़ों को ऐसे ही पलटते रहेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़े में बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है अब इसे हम निकाल लेंगे अब इसी तरीके से हम पकोड़ों का दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है अब इसे भी हम निकाल लेंगे तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार हैं हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कुरकुरे सूजी के पकौड़े आप इसे टमेटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इन पकोड़ों को बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं लेकिन सब्जियों के साथ बनाने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है तो आप भी इन पकोड़ों को घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए